गुजरात में 140 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज टूटा 400 लोग नदी में गिरे 10 से ज्यादा मौत की खबर रिनोवेशन के बाद इसी हफ्ते खुला था गुजरात के मोरबी में रविवार शाम करीब 7 बजे बड़ा हादसा हो गया यहाँ केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटने से करीब 400 लोग मच्छु नदी में गिर गए इनमें से 10 से ज्यादा लोगो की नदी में डूबने ऐसी मौत होने की खबर है ये पुल पिछले छह महीने से बंद था इसी महीने दिवाली के एक दिन बाद यानी 25 अक्टूबर को आम लोगों के लिए खोला गया सरकार की तरफ से जो लोग मरे उनके लिए 2 लाख रुपए और जो घायल हुए उनके लिए पचास हजार रूपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया इधर हादसे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेर कांग्रेस ने कहा की चुनाव की जल्दबाजी में भाजपा ने पुल को लोगो के लिए जल्दी खोल दिया ब्रिज के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी और ग्रुप के पास है इस ग्रुप ने मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 यानी 15 साल के लिए मोरबी नगर पालिका के साथ एक समझौता किया है जहां वो पुल की साफ सफाई पुल की सुरक्षा रख रखाव टोल वसूलने जैसी साफ सफाई का प्रबंध करेंगे